महर में साल के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त मां शारदा के दर्शन करने पहुंचे और मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त कर लोग अपने साल की शुरुआत कर रहे हैं महर में मां शारदा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं हजारों की तादाद में फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाहन पहुँच रहे हैं जिससे पार्किंग एरिया पूरी तरह फुल है वही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात है मैं हटियाई संतोष तिवारी व देवी जी चौकी प्रभारी संतोष उलाड़ी लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे हैं ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो